दुनिया का सहारा क्या लेना बस तेरा सहारा कफरे दुनिया का सहारा क्या लेना बस तेरा सहारा कफरे सहारा क्या लेना बचे तेरा सहारा काफी है दुनिया का सहारा क्या लेना बचे तेरा सहारा काफी है धन कफिएौला की क्या करना इन महलों का क्या करना धन दौलत का क्या करना इन महलों का क्या करना मैं गुजारा काफी है दुनिया का सहारा क्या लेना बच तेरा सहारा काफी है हर चीज बनाई है तुमने मन दुनिया रंगीन है तेरी हर चीज बनाई है तुमने बस तेरा नजारा काफी है दुनिया का सहारा चलना बस तेरा सहारा का फिर दुनिया का सहारा चलना बस तेरा सहारा काफी है और okay. के आती <that's> है <that's>